तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि की आने वाली है तो उसकी मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है तो के से, मैंने पहले दिया तो 26 आया और दूसरे दिन मैंने दिया तो 43 आया तो तो स्कूल में इजाफा तो हंड्रेड परसेंट होता है यदि आप भी अपने स्कूल में इजाफा करना चाहते हैं तो आपको जैसे ही आप अपना उसका बहुत ही प्रॉफिट वे मिलता है दोनों चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं आप ऐसे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है सॉल्यूशन और एनालिसिस दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं तो, तो यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप बॉक्स में है आप करना चाहते मैं भी इस बार डिजेल में फॉर्म अप्लाई करने वाला हूँ तो, तो थैंक यू यदि आपको और कोई और जानकारी चाहिए टेक्सो से रिलेटेड तो आप लोग सेंड कर सकते हैं मैसेज थैंक यू